वेलकम टू आई टी आई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ पिछली वीडियो में मैंने आपको टाइम टेबल शेड्यूल्स के बारे में बताया हुआ था अब मैं एक मेन पॉइंट से जिसके बारे में मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रोफाइल वेरीफिकेशन बाई कैंडिडेट ये है क्या चीज़ जनरेटेड डमी हॉल टिकट एंड सर्टिफिकेट प्रोफाइल अब मैं इसके बारे में यहाँ क्लियर करूंगा कि आखिर है क्या चीज ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर ये यह चीज आई हुई है मतलब कि प्रोफाइल वेरिफिकेशन बाय कैंडिडेट्स मतलब ट्वेंटी टू पंद्रह अप्रैल 2022 से पंद्रह मई 2022 हजार जनरेटेड डमी हॉल टिकट सर्टिफिकेट प्रोफाइल प्रोफाइल ग्रीवेंस पोर्टल विल बी ओपन फॉर करेक्शन प्रोफाइल करेक्शन टू बी कम्प्लीट बिफोर टू मंथ ऑफ द हॉल टिकट जनरेट ये पहली बार एन सी वी टी या डी जी ई टी बोल दें ऐसा सर्कुलर जारी करा हुआ है कि अब फाइनल एग्जाम होने से दो महीने पहले एक डमी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा जिसका कोई मतलब नहीं होगा मतलब डमी एडमिट कार्ड का मतलब उसमें जो आपकी डिटेल्स दी गई होगी मान लिया फादर नेम से रिलेटेड अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स है तो आप ग्रीवेंस पोर्टल मतलब करेक्शन करने के लिए एक पोर्टल ओपन जो कि अभी भी ओपन है उस समय भी ओपन किया जाएगा जिसमें कैंडिडेट उस सुधार को कर सकता है जिसकी डेट दी गई है 15 अप्रैल 2022 से 15 मई 2022 तक वे अपने करेक्शन को सही कर सकता है उस डमी एडमिट कार्ड को देखकर अगर उसमें कोई डाटा गलत है तो उसे सुधार करवा सकता है फिर इसके बाद में आपका टू मंथ्स के बाद में आपका फाइनल हॉल टिकट जो जनरेट होगा उसमें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी इस कारण से ये डमी एडमिट कार्ड जारी किया जा रहा है पहली बार इससे की जो प्रॉब्लम्स होती हैं करेक्शन से रिलेटेड वह सारी एग्ज़ाम से पहले ही सही करा दी जाएंगी इस वजह से आप लोग ये डेट याद रखें 15 चार 2022 से 15 पाँच 2022 तक की अगर आपकी प्रोफाइल में किसी तरह कोई भी करेक्शन है तो आप अपने आईटीआई संस्था से इस डेट के बीच में संपर्क करें जिससे कि उसको करेक्शन को सही किया जा सके और आपका जो फाइनल एग्जाम हो उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े इस कारण से एन ने ये ऑप्शन पहले से ही जनरेट कर दिया है सेम चीज़ वही फर्स्ट वन ईयर की ट्रेड के लिए सेम वही चीज़ टू इयर्स की ट्रेड के लिए सेम डेट सेम प्रॉब्लम डमी हॉल टिकट्स के बारे में ये हो गई डमी हॉल टिकट्स के बारे में पूरी जानकारी मतलब कैंडिडेट्स के रिजल्ट के समय या एग्जाम फाइनल एग्जाम देते समय उसकी प्रोफाइल में या रिजल्ट अपलोडिंग में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो इस प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े इस कारण से ये सबसे पहली बार इस ऑप्शंस को उन्होंने डमी एडमिट कार्ड जारी करके उसे अपनी प्रॉब्लम सारी देख सकता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है अगर ओके okay है तो कोई दिक्कत नहीं अगर नॉट ओके okay, तो उसे ग्रीवेंस पोर्टल के द्वारा उसे सही करके सही करवा सकता है अपने आई के द्वारा ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे कि जिन्हें पता नहीं है वह सभी लोग जान सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो